बादल से गिरी बलजेडी साल चर गया से उलतीस भेड़ की खाल रानबीनू की हंसा ज्योनी उहल से बाकली सुकेती से बीनी ट्रिक्स के साथ YouTube चैनल GK के स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है हमारा आज का विषय है हिमाचल की नदियां पार्ट 2 सवराची मुनाम यानी सतलुज ब्यास रावी नाव और यमुना इसमें आज हम दो महत्वपूर्ण नदियों के विषय में पढ़ेंगे ब्यास और रावी सबसे पहले बात करते हैं ब्यास नदी की ब्यास नदी किन किन जिलों से होकर के गुजरती है सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं ये कुल्लू है कुल्लू नंबर एक पे है नंबर दो पे मंडी है नंबर तीन पे हमीरपुर है नंबर चार पे कांगड़ा ये चार महत्वपूर्ण आपके पास जिले हैं जहाँ से ब्यास नदी गुजरती है ये आपने याद रखना है पहला फैक्ट सबसे ईस्टर्न में कुल्लू है उसके बाद मंडी है मंडी के पश्चात हमीरपुर की सीमा को टच करती है ब्यास नदी और उसके पश्चात कांगड़ा और कांगड़ा के पश्चात जो है वो पंजाब में चली जाती है अब आप यहाँ जो फैक्ट है उसके विषय में बात कर लेते हैं ब्यास नदी पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित जो रोहतांग दर्रा है वहाँ ब्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे की हाइट मैंने आपको पहले भी बताई तीन मीटर है और जो रोहतांग शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो तिब्बती भाषा में रो प्लस थांग रो का मतलब तिब्बती भाषा में शव होता है थांग का मतलब मैदान होता है अर्थात शवों का मैदान यूनानी लेखक प्लिनी ने इसे हिफेसिस कहा ऋग्वेद में इसे अर्ज कहा गया और संस्कृत में इसे विपाशा कहते हैं ब्यास कुंड के समीप ब्यास ऋषि का आश्रम स्थित होने के कारण ही इस नदी का नाम जो है वो विपाशा यानी ब्यास पड़ा है कुल्लू और कांगड़ा की जो घाटियां हैं उसका निर्माण भी ब्यास नदी द्वारा ही किया जाता है प्यास नदी कुल्लू को ये कुल्लू है नगवाई नामक स्थान पर जो है वो छोड़ती है और बजरा के समीप मंडी में फिर नामक स्थान पर जिसे चौरसी गढ़ भी कहते हैं वहां पर प्रवेश करती है मंडी में ही आगे मैं बताऊंगा कि सिलापर में जो वो मंडी को छोड़ती है हमीरपुर में नदौन के समीप ये हमीरपुर है, है। यहाँ पर नदौन के समीप जो वो हमीरपुर में प्रवेश करती है कांगड़ा की अगर हम बात करें तो कांगड़ा में संधौल नामक स्थान पर प्रवेश पर करती है और मीरथल में जो वो यहाँ पर ये यह मीरथल है यहाँ पर जो है इसको छोड़ देती है ब्यास नदी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं सबसे पहले पंजाब में हरिका पाटन स्थान पर सतलुज के साथ मिलती है कुल्लू मंडी कांगड़ा हमीरपुर ये मैंने पहले आपको बताया इन जिलों से होकर के गुजरती हैं ब्यास नदी की कुल जो विद्युत क्षमता है वो पाँच मेगावाट है पंडो मंडी जिले में स्थित है वहाँ से 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के माध्यम से ब्यास नदी का जल सतलुज के लिए डाइवर्ट किया गया है मंडी में ही स्लापर नामक स्थान पर जो है विद्युत उत्पादन होता है और उसके पश्चात इसे सतलुज नदी में मिलाया गया है शिवालिक खंड में स्थित देहरा गोपीपुर में पोंग बांध निर्मित किया गया है जिसका वास्तविक नाम जो है महाराणा प्रताप सागर है और ये हाइएस्ट अर्थफील जो है वो डैम है पोंग डैम को ही इंटरनेशनल वेटलैंड साइट अगस्त 2002 में घोषित किया गया है रामसर कन्वेंशन के अनुसार वर्तमान में यह वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं और उन्नीस में यहाँ वर्ड्स सेंचुरी भी स्थापित की गई थी यहाँ पर कुल प्रजातियों के पक्षी जो है वो आते हैं कुल्लू घाटी दक्षिण में जो जो है है। वो ब्यास नदी है। जो स्थल ब्यास नदी नदी बहती स्थल के तट पर है, उसमें मनाली है कुल्लू मंडी का बज़ोरा है नगवाई कुल्लू में है मंडी है नदौन है पंडोह है देहरा है गोपीपुर है यस ब्यास की सहायक नदियां कुल्लू में मंडी में कांगड़ा में और हमीरपुर में ये चार जिले हैं जहाँ से ब्यास नदी गुजरती है सबसे पहले बात करते हैं इसकी कुल्लू ज़िले की आप यहाँ देख रहे हैं कुल्लू ज़िले के अंदर जो महत्वपूर्ण तो सहायक नदियाँ हैं सेंज पार्वती पिन मलाना हुसला तीर्थन फौजल सरदारी सोलंग मनालसू और सुजन अब इनको मैप के माध्यम से स्टडी करना इतना आसान नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी मैप पर दर्शाना पॉसिबल नहीं है लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए जो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्केच बनाया है इसमें आप देख लें सैंज पार्वती है पिन है मलाना है हुसला है सूजन है तीर्थन है सरदारी है फोजल है सोलंग है मनालसू है ये कुल्लू में ब्यास नदी की सहायक नदी है अब इसको याद रखने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बनाई है क्योंकि वैसे तो याद रहेगी नहीं सैंज से पार्वती का पिन गया मलाना व हुसला के तीर्थ यात्रा पर फौजल की सरदारी दी सोलंग के मनालसु को और जीती सूजन इसमें सारी कुल्लू की सहायक नदियाँ जो है वो आ जाती हैं जो कि ब्यास में गिरती हैं सेन्ज पार्वती पिन मलाना हुसला तीर्थन इसके पश्चात फौजल सरदारी सोलंगनाला मनालसु और सूजन ये सारी की सारी ब्यास की सहायक नदियाँ कुल्लू के अंदर हैं अब बात करते हैं मंडी में मंडी डिस्ट्रिक्ट आप ये देख लीजिए यहाँ मंडी डिस्ट्रिक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं ब्यास की रान बिनु हंसा ज्योनी उहल बाखली सुकेती लूनी सोन बकरखड और पनोडी इन्हें भी मैप में स्केच में दिया तो गया है लेकिन बहुत अच्छी तरह से इसको मैप के अंदर समझाना पॉसिबल नहीं है इसको आप याद कर लें और याद करने के लिए जो ट्रिक मैंने आपको बनाई है वो ट्रिक आप यहां देखिए रान बिनू की हंसा ज्योनी उहल से बाखली सुकेती से लोनी सोन लाया बकर का पनौड़ी यहां देखिए रान आ गया बिनु भी आ गई हंसा ज्योनी उहल आ गई बाखली आ गई सुकेती आ गई लूनी आ गई सोन नदी आ गई बकरखड़ आ गया और पनौड़ी आ गई ये मंडी के अंदर ब्यास की सहायक नदियां हैं रानबिनू की हंसा ज्योनी ओहल से बाखले सुकेती से लोनी सोन लाया बकर का पनौड़ी अब बात करते हैं कांगड़ा की कांगड़ा के अंदर महत्वपूर्ण ये आपके पास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर महत्वपूर्ण कौन कौन सी सहायक नदियां ब्यास की हैं बागंगा है गज है चक्की डेह है डेहेर है और बिनुआ तथा निगल है अब इसको भी ऐसे याद रखना सरल नहीं है इसलिए जो ट्रिक मैंने आपको यहाँ पर बनाई है उसको आप देख सकते हैं बाण गंगा के गज की चक्की पीछे ढेर खाए बिनुआ वो नियंगल बाण गंगा आ गई गज आ गई चक्की आ गई ढेर से ढेर आ गया बिनवा आ गया और न्यूगल आ गई ये कांगड़ा के अंदर ब्यास की सहायक नदियाँ हैं बाण गंगा के गज की चक्की पीछे ढेर खाए बिनवा वो न्यूगल अब हमीरपुर की बात करते हैं हमीरपुर में केवल दो जो है, है वो सहायक नाले हैं नदियाँ हैं वो कढ़ाहा है और मान है ये नदौन के समीप जो है वो ब्यास नदी से मिलते हैं ब्यास तथा उसकी सहायक नदियों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं पार्वती कुल्लू तथा स्फीति की सीमा निर्धारित करती हैं और पार्वती नदी मंतलाई हिमखंड से निकलती हैं भूइन या भुंतर के समीप व्यास नदी में मिलती है सेंज और तीर्थन दोनों शुपाकणी श्रृंखला से निकलकर लारजी के समीप व्यास नदी से मिलते हैं उहल बड़ा बंगाल से और लूणी नदी छोटा बंगाल से निकलती है बकरखड़ जो कि हमीरपुर में स्थित है मंडी और हमीरपुर के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करता है और इसे खड्डों की रानी भी कहा जाता है जगकी जो कि कांगड़ा में स्थित है कांगड़ा और गुरदासपुर के मध्य में सीमा रेखा निर्धारित करता है पार्वती नदी कुल्लू में मणिकरण सोलंग और लाजी के समीक्ष से बहती है ब्यास नदी हिमाचल के मध्य से होकर के बहती है और इसे पूर्व में सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता था वशिष्ठ ऋषि ने ही ब्यास नदी का नामकरण विपाशा रखा था जिसका अर्थ है पाश से मुक्त करने वाली बंधन से मुक्त करने वाले व्यास को अर्जिया अर्जिकिया भी कहते हैं और इसके अन्य नाम जो है हाइनेस विपासिस और बिबासिस भी है सिकंदर ने 326 सौ छब्बीस पूर्व जब भारत पर आक्रमण किया था तो वह अंतिम पड़ाव व्यास नदी के तट पर ही उसका रहा और जहां पर वह तीन दिन तक इंतजार करने के पश्चात उसे वापस लौटना पड़ा उसने यहां पर बारह बड़ी शिलाओं को स्थापित किया था अपने आक्रमण के समरण में पोंग डैम जो कि 1974 में निर्मित किया गया ब्यास नदी पर और पंडो डैम उन्नीस में ब्यास नदी पर जो वो निर्मित किया गया है पंडो से सुरंग द्वारा डेहेर में जो वो पानी डाइवर्ट किया गया है और वहाँ पर 990 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन किया जाता है और उसके पश्चात ब्यास नदी का जल जो है वो सतलुज में मिल जाता है पोंग बांध के ठीक नीचे शाह नहर बैराज स्थित है जहाँ से कांगड़ा की सबसे और हिमाचल की सबसे बड़ी नहर शाह नहर निकलती है ब्यास और सतलुज का जो संयुक्त जल है वो हारिका बैराज में मिलता है